ये गुरु ट्रेंड सेवन बिल्कुल फेक एप्लीकेशन है मैं आपको लाइव डेमो दिखाते हुए देखिए मेरे अकाउंट में तेरह रुपये लेकिन मैं डेमो अकाउंट से खेलूँगा इसमें मैं लगा देता हूँ सत्तर रुपये का और ऊपर की तरफ करता हूँ और ये विनर होगा इसलिए विनर होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है गैस और ये डेमो से खेल रहा हूँ जब आप रियल पैसे लगाएंगे तो आप इसमें पैसे हार जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्टोरी में जाकर मैंने पचास लगाया जीरो अर्निंग पचास जीरो अर्निंग बीस जीरो अर्निंग बीस जीरो अर्निंग बीस रुपये पचास रुपये ये फेक है इसको यूज ना करें इस